तो हम लोग जा रहे हैं अभी गाँव पटाने के लिए और गहूँ का मौसम है अभी और ये थारी गाँव पटाएंगे उधर से पानी आएगा इधर से पानी छिटा मारेंगे ये मेरा नैन भैया है देख रहे खा रहा है, उटका। है। इसका चैनल है नैन फोटोग्राफी तो उसमें तो जाके कॉमेडी वीडियो बनाता है बहुत अच्छा वीडियो बनाता है आप लोग जा कर देख सकते हैं लाइक कीजिएगा देख सकते हैं तो हम लोग का पे छाया हुआ है इसमें पानी आएगा डालना है गहम में पानी जा रहा है और इसके बाद हम लोग का पानी पानी लेंगे to so. the हम आ गए हैं यहाँ पे हटाने के लिए और ये ये मेरा मौसी का बेटा है और खाने तो पीछे पटा रहे हैं आप देख सकते हैं और यहाँ पे गांव हो रहा है देख सकते हैं देख सकते हैं कैसे पानी डाल रहे हैं बोर्डिंग से हम लोग पानी पटाते हैं और ये बहुत दूर से आता है देख सकते वहाँ से कितने दूर से और ये चाहे हम लोग खेत बड़ा निकलिए गहूम में पानी डालने के लिए और अभी पानी डालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा जल्दी जल्दी बड़ा होगा इसके बाद पानी डालने के बाद दो दिन के बाद इसमें खाद डाल डाला जाएगा और इसमें खाद डालने के बाद इसका थोड़ा सा घना होगा और तो हरियाली आएगा इसमें